नमस्कार किसान भाइयों किसान साथियों नमस्कार आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा गेहूं के लिए खरपतवार नासक का एक बहुत ही बढ़िया टेक्निकल एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लेकर आया हूं और आप सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें जिससे कि ज़्यादा किसान भाइयों को फ़ायदा हो सके क्योंकि अभी तक जो भी हमने खरपतवार नाशक देखे हैं जो भी हरबी साइड देखे हैं हमने उन्हें हम क्या करते हैं उन्हें ट्प्रे इस्प्रे करते हैं जिससे कि हमारी काफ़ी मेहनत भी लगती है और काफ़ी काफ़ी हमने देखा होगा कि मेहनत तो लगी रही है और उसमें ज़्यादातर टंकी टांगनी पड़ती है और समय भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है तो आज मैं ऐसा ऐसा हरबी लेकर आया हूँ जिसे आप देखते ही खुश हो जाएंगे और यह, यह जो हरबी है ये यूरिया में मिला यूरिया में मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं तो इस इस हर्बिसाइड का नाम है श्रीराम आई आईसो पिछहत्तर ये श्री का प्रोडक्ट है और श्रीराम का आता ही है और इसका जो टेक्निकल है जो इसमें साल्ट है आईसो प्रोटीन पिछहत्तर परसेंट डबलो जो खरपतवार नाशक में काफ़ी अच्छी काम करता है और काफ़ी बढ़िया रहता है जो कि आपने देखा होगा कि गेहूं की फसल में कनकी गिल्ली डंडा जंगली जई और कुछ चौड़ी पत्तियों के वाले खरपतवार हो जाते हैं जिसकी रोकथाम का विशेष खरपतवार ना सके इसका जो हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है और आपने देखा होगा कि हम जो भी हर यूज करते हैं वे हमारे स्प्रे करते हैं और हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है अब अब ऐसा नहीं होगा आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ से यूरिया में या किसी भी उर्वरक में मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है और काफ़ी इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है ये खरपतवार नाशक मुख्य रूप से गिल्ली डंडा कनकी जंगली जई कुछ चौड़ी पत्तियों के जो खरपतवार नाशक होते हैं जैसे बथुआ होता है एक बथुआ चौड़ी पत्ती का रहता है और चौड़ी पत्ती के काफ़ी सारे खरपतवार नाशक रहते हैं उन्हें सभी को नष्ट करकर गेहूं गेहूँ को अच्छी दिशा में लेने का प्रयत्न करता है और इसके उससे कल्ले भी चौड़े होते हैं क्योंकि जब खरपतवार खत्म हो जाते हैं तो कल्ले भी काफ़ी अच्छे चौड़े होने लगते हैं और हमारा गेहूँ की जो पैदावार में काफ़ी आयतन में वृद्धि होती है तो इसी के बीच में वीडियो समाप्त करते हैं सभी किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल माँ गंगा ट्रेडिंग कंपनी को सब्सक्राइब कर लें